हेलो गाइस तो बोरुटो मांगा का चैप्टर नंबर 79 आ चुका है और क्या ही आया है मुझे लग रहा है राइटर ने वक्त बदल दिए बात बदलती दिए वाले डायलॉग को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए ये चैप्टर को लिखा है खैर मजाक से हटकर चलते हैं सीधा टॉपिक पर तो चैप्टर के स्टार्ट में मोमोशी बोरूटो को बोलता है तैयार हो जाओ सब कुछ स्टार्ट हो चुका है ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है पर बोरूटो को घंटा कुछ समझ नहीं आता की उसने क्या बोला है और उसकी बात का मतलब क्या है और फिर शिकामारू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कावाकी के चक्रा को ट्रैक करने की ट्राई कर रहा होता है और वो सभी विलेजर्स को भी बोल देता है कि कावाकी को ढूंढने में लग जाओ और फिर सास के वहाँ से कावाकी को ढूंढने के लिए निकल जाता है और वो साराडा और मेतुस्की को बोल देता है कि बोरुटो को हॉस्पिटल लेके चले जाना और फिर वो कोनाहा मारू के साथ वहाँ से निकल जाता है और इसके बाद मितुस्की भी वहाँ से कावाकी को ढूंढने के लिए निकल जाता है और बोरूटो साराडा को बोलता है की मेतुस्की को अकेला मत जाने दो तुम भी उसके साथ जाओ और साराड़ा भी उसके पीछे जाने लगती है और दूसरी तरफ गावा की अपना चक्रा को बहुत ज्यादा यूज कर चुका है तो वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुका है अब वो इतना थक चुका है कि वो अपने चक्रा को इरेज भी नहीं रख पा रहा और फिर उसे आवाज सुनाई देती है कि हमने तुम्हें ढूंढ लिया और ये सुनकर कावाकी फटाफट से झाड़ियों में छुप जाता है और इसके बाद हमें आइडा का सीन दिखाया जाता है और आइडा ने सैनरी कान की मदद से कावाकी को ढूंढ लिया और वो फटाफट उड़ते हुए उसके पास पहुंच जाती है और पीछे से डायमोड चिल्ला रहा होता है की मुझे भी लेकर चलो मैं उड़ नहीं सकता और दूसरी तरफ हमे अमाडो शिका से कनेक्ट होता हुआ दिखाई देता है पर शिका कहता है की तुम्हे इस मामले में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है पर अमाडो कहता है की तुम्हे भी कावाकी को मारने की कोई जरूरत नहीं है मेरे पास एक सीक्रेट कमांड कोड जिससे मैं उसको कर सकता हूं। बस इसके लिए तुम्हें मुझे उसके पास लेकर जाना होगा। पर शिका मारू कहते हैं मैं समझता हूं कि तुम अपनी बेटी को रिवाइव करना चाहते हो और इसीलिए तुम ये सब कर रहे हो पर कावाके ने अपनी लिमिट को क्रॉस कर दिया है और अगर अब वो सरेंडर नहीं करता तो इस विलेज के लिए वो एक एनिमी से बढ़कर और कुछ नहीं है और फिर अमाडो चिल्लाता रह जाता है पर शिकामारो कुछ नहीं सुनता और उस तरफ आईडा कावाकी के पास पहुंच चुकी है और वो कहती है मैं तुम्हारी साइड हूं बट कावाकी बोलता है तुम तो अपना चक्रा भी नहीं छुपा सकती मेरे पास मेरे लिए खड़ी हो जाएगी मेरी लोकेशन रिविल हो जाएगी आइडा कहती है तुम इस सिचुएशन से किसी भी तरह नहीं निकल सकते पर अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं किसी को तुम्हें टच भी नहीं करने दूंगी और फिर कावाकी बोलता है मुझे अपनी परवाह नहीं है मेरी जगह तुम न रूटो को मतलब लॉट सेवन को प्रोटेक्ट करो अगर मैं उस मोमोशिकी को नहीं पाया तो लॉर्ड सेवन और उन्होंने इस विलेज को अभी तक जो प्रोटेक्ट किया है सब बेकार हो जाएगा सब खत्म हो जाएगा और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता और वो आइडा को पकड़ लेता है और कहता है क्यों रूटो को ही न का सन होना था अगर वो मेरी तरह एक आउटसाइडर होता तो चीजें कितनी आसान होती देखो भी मुझे मैं उनको भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कितना हेल्पलेस हूं मैं और ये सुनकर आइडा कावाकी का सर पकड़ लेती है और वो उसको चुप होने को कहती है और उसके बाद हमें एनर्जी का एक एक्सप्लोजन दिखाई देता है जो की बहुत बड़ा होता है और जैसे ही वो अपनी इस पावर को यूज करती है आइडा कावाकी के ऊपर गिर जाती है और फिर इस एनर्जी को देखकर कर वहाँ पर दो शिनो भी आ जाते हैं जैसे ही खावा के उन पर अटैक करने वाला होता है आइडा उसे रोक लेती है और वो दोनों उस शिनो भी उससे कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो फिर शिकामारो बोलता है कि बोरूटो 12 किलोमीटर दूर है और इतने में सास के बोलता है मेरे से बस तीन किलोमीटर दूर है पर सांस और सारा ये सुनकर शौक हो जाते हैं की वो बोरूटो की लोकेशन क्यों शेयर कर रहे है और साराडा को लगता है कि कहीं बोरूटो को कुछ हो तो नहीं गया तो वो मितुस्की के साथ बोरूटो के पास जाने लगती है और इधर मोमोशी की बोरूटो को कॉन्ग्रेट कर रहा होता है और उससे पूछ रहा होता है कि क्या तुम तो मुझे बता सकते हो सब कुछ खोने के बाद कैसा लगता है पर बोरूटो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो बोल क्या रहा है और फिर मोमोशी उसे पीछे देखने को कहता है तो बोरूटो को मितुस्की और साराडा दिखते है और वो उनसे पूछता है की तुम दोनों वापिस क्यों आ गए हो तो सराडा कहती है मैं भी यही जानना चाहती हूँ और फिर मितुस्की अपना हेडबैंड उतार देता है और साराडा से कहता है कि तुम इसके पास मत जाओ ये बहुत ज्यादा डेंजरस है और ये बोलता हुआ वो अपना सेज मोड एक्टिवेट कर लेता है और ये सब देखकर साराडा और बोरोटो दोनों ही शौक हो जाते हैं कि ये सब चल क्या रहा है और फिर हमें दोबारा से कावाकी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों सिनोवी कावाकी को कहते हैं की तुम्हारी आंख पे जो था वो कहाँ चले गया तो कावाकी को समझ नहीं आता की वो दोनों क्या बोल रहे हैं पर आइडा सिचुएशन को संभाल लेती है वो बात को पलट देती है और वो पूछती है की लॉर्ड सेवंथ का क्या हुआ तो दोनों भी बताते हैं कि उनका कोई क्लू नहीं मिला है पर हमें ये पता चल गया है कि ये सब बोरूटो का कराधारा है और ये सुनकर कावाकी कहता है कि अब मैं समझ गया क्या चल रहा है और दोबारा हमें जहाँ पर मित्र है की उसे कहता है कि मैं तुमसे लास्ट बार पूछ रहा हूँ के साथ तुमने क्या किया है बट बोरूटो कहता है मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो और फिर मित्स उस पर अटैक करता हुआ दिखाई देता है सारा उसे समझाने की ट्राई करती है पर कुछ फर्क नहीं पड़ता और मोमोशी की बोरूटो को बोलता है ये तुम्हे मारने और अभी बहुत सारे लोग और आ रहे हैं अगर तुम्हें इनसे नहीं लड़ना तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है कि यहाँ से भाग जाओ और पोरूटो वहाँ से भागता हुआ दिखाई देता है और वो मोमोशिकी से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है तो मोमोशिकी उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है वो कहता है ये आइडा का चाम का ट्रू नेचर है जिसे वो कंट्रोल भी नहीं कर सकती ये एक ऐसी अल्टीमेट पावर है जो की सिर्फ गॉड ही कंट्रोल कर सकती है ये एक डिफाइन टेक्निक है और इसे वर्ल्ड के क्रिएशन में यूज किया जाता है ये कोई ऐसी पावर नहीं है जो कि एक आम सी लड़की यूज कर ले जो तो की एक औदो की भी नहीं है अमारो को तो इसके बारे में खबर भी नहीं होगी कि आइडा ये भी कर सकती है ये एक्चुअली में आइडा की डिजायर है वो कावाकी की डिजायर को पूरा करना चाहती थी और इसी चीज ने उसकी इस एबिलिटी को एक्टिवेट कर दिया है तुम्हारी पोजीशन कावाकी के साथ चेंज हो गई है रिप्लेस हो गई है और फिर हमेशिक मारो आइटा से पूछता हुआ दिखाई देता है वो कहता है की क्या तुम मुझे एक और बार कन्फर्म कर सकती है की बोरूटो ने नरोटो के साथ किया क्या था तो आइडा कहती है तो मुझसे ये सवाल जितनी बार भी पूछ लो आंसर यही रहेगा वो चीज बदलने नहीं वाली और फिर कावाकी आइडा के हाथ पे हाथ रखता है और उसे कहता है शिका मारो को बोलो नरूटो मर गया है और उसको बोरूटो ने मारा है और फिर हमें दोबारा बोरूटो का सीन दिखाया जाता है वो कहता है मेरी पोजीशन कावाकी से रिप्लेस हो गई है तो मोमोशी के कहते हैं एक्चुअली में तुम ह्यूमन की सारी मेमोरीज चक्रा के थ्रू डिफाइन से कनेक्टेड है और एक गॉड के लिए मेमोरीज में चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है पर तुम और कावा की दोनों तुम इससे अफेक्टेड नहीं हुए हो और सेम गोल्स फॉर आईडा एंड डायमोड पर किसी रीजन की वजह ऐसी साराडा भी अन है कुल मिलाकर कुछ ही लोग है जो की असली सच्चाई को जानते हैं जिनकी मेमरीज अभी भी सेम है और अब कावा की का असली पेटा है जो की इसी विलेज में बड़ा हुआ है वो असली काबा की उस माँ की है और तुम बस एक आउटसाइडर हो जो कि इस विलेज के लिए एनिमी हो और उनका अगला टारगेट हो और इसी के साथ चैप्टर हो जाता है एंड तो कुछ न्यू को लेकर हम जल्दी डिस्कस करने वाले हैं अगली वीडियोस में लाइक like, सारा सा हिमाचे हुए है या नहीं हुए या फिर इनके अन होने का रीजन क्या है नरूटो वापिस आएगा या नहीं आएगा या कब आएगा तो जल्दी इन सब पे बात करेंगे पसंद तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें Thank you.